जो किसी के फ़ैन है उनका कोई फ़ैन नहीं बनता जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती है अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा अगर कुछ सीखना है तो अपने पास्ट से सीखो लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी कलम से भी लिख देते हैं खून और पसीने से लिखना पड़ता है सफलता किता। की किताब अवसर की प्रतीक्षा मत कीजिए आज का अवसर ही सर्वोत्तम है परिश्रम सौभाग्य की जननी है जिनके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकते हैं कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है अपने जन्म से नहीं फायदा कमाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं पड़ती जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है बिजनेस वही करते हैं जिनको खुद पे भरोसा होता है अभी से करना शुरू कीजिए जो काम आप भविष्य में करना चाहते हैं या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से प्रेरित हो सकते हैं ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे आपको जीतने की आदत है शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी काबिलियत सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं सौभाग्य उसी को तो मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है आपका लक्ष्य आपके मेहनत के तरीके से पता चलता है काफिला भी होगा तेरे पीछे तू अकेले चलना शुरू तो कर बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है पड़ता वही है जो बदलता है कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों का तो चलना शुरू कर दें आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है तैयारी करने में फेल होने का अर्थ फेल होने के लिए तैयारी करना महानता कभी गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं अवसर उन्हीं को मिलते हैं जिनमें काबिलियत होती है सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता आपकी जीत आपके मेहनत पर निर्भर करती है संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत कोच की जरूरत होती है आज का दिन बीत गया चलो अब कल की सोचते हैं मेहनत कर सोचने से होती है। हर एक इंसान आज मेहनती होता सब कुछ संभव है अब क्योंकि अब तो पत्थर पे भी पौधे होने लगे हैं सफलता पहचान की मुहताज नहीं होती सफलता तो मेहनत और जुनून की दिवानी होती है एक समय में एक काम करो काम पूर्ण नहीं, नहीं परिपूर्ण होगा विश्वास आ सकती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है सपने सच होंगे पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे सोचा है तो पूरा होगा बस गुरु आज से करना होगा तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो जिंदगी आपकी है बस अपने मस्त स्वभाव में जियो जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त दर्द कम, दर्द जो भी है बस तेरे अंदर है जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है अकेले रहना बहुत अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ में रहना जो आपकी कदर नहीं करते ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है दोस्तों हमारा अच्छा टाइम दुनिया को बताता है कि हम क्या हैं और बुरा टाइम हमें बताता है दुनिया क्या है कौन कहता है रोना गलत है मन की भावनाओं को बहना गलत है कभी कभी तो ये कुदरत भी रोती है तभी तो ये हसीन बरसात होती है हिम्मत मत खोना भी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उनको भी करके दिखाना है मजबूत होने का मजा तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर कर देने में खुली हो भाग के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा कर दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा इंसान अपनी लाइफ का हीरो खुद ही होता है